ये ये ना तीज़ी मेरे भाई है तो कितना बड़ा लोग हो गए थे काफी परेशान हमारी गाड़ी लगी थी बहुत दूर वो है जय महा मिल गए ले जा रहे हैं वह पैदल फेटल आर लगा दिए पार्किंग में क्या चाहिए हाथी वो चल रहा है हाथी हाँ यहीं से तो होगा लो लो लो लो लो आशीष देख के हर चीज दर्शन कर दर्शन कर कर कर कर कर कर देखो बढ़िया अरे बोलो बोलो बोलो भाई तो ये कल्याण नदी <laughs> में yeah, तो ये सब के पेड़ है आशीष के ऊपर होगा गए क्या क्या है आशीष क्या कर रहा हूँ अरे यजवा इधर देखो। अरे देखा <laughs> <अप्पा। laughs>